आज रमजान का पहला तारीख है सब सच सच बोलना सभी लोग बताओ कमेंट में आज कौन कौन रोजा रखा है सभी लोग सच सच बोलना झूठ मत बोलना कोई भी ठीक है ना भाई लोग एंड कमेंट कर देना कौन कौन रोजा रखा है